किसी भी मंजिल पर निकल जाओ टेढ़ा मेढा रास्ता है क्या जनाब किसी भी मंजिल पर निकल जाओ टेढ़ा मेढ़ा रास्ता है ईमानदारी नहीं खरीद पाओगे धोखा ज्यादा सस्ता है